गाइस भारत में फिल्मों का निर्माण 1950 से 60 के दशक में शुरू हो गया था लेकिन टीवी सीरियल्स के निर्माण में लंबा वक्त लगा टीवी सीरियल्स की शुरुआत उन्नीस के दशक में तो हुई और पहला भारतीय टीवी सीरियल जिसका नाम हम लोग था 7 जुलाई चौरासी को भारत के राष्ट्रीय नेटवर्क दूरदर्शन पर पहली बार प्रसारित हुआ इस सीरियल में एक भारतीय मिडिल क्लास के परिवार का स्ट्रगल दिखाया गया था जिसकी वजह से दर्शक सीरियल से खुद को कनेक्ट कर पाए इस सीरियल के एक एपिसोड थे और ये धारावाहिक 17 दिसंबर उन्नीस तक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। गाइस क्या आप इससे पहले तक इस फैक्ट को जानते थे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में अब हमारे यूट्यूब के वीडियो ऐसी भी पहले देखें हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है डाउनलोड